दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आप कैसे दिल्ली से हरिद्वार पहुंचेंगे वहां जाकर कौन कौन से प्लेसेस को विज़िट कर सकते हैं और वहां पर रुकने और खाने की क्या व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है हेलो दोस्तों आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन माई नेम इज़ विशाल प्रजापति एंड मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवलिंग टिप्स एंड फैक्ट्स में दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हरिद्वार से ऋषिकेश के सफ़र में तो वीडियो में आगे तक बने रहें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए आपके पास में तीन ऑप्शन हैं बाय ट्रेन बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो रिक्शा या बस और थर्ड ऑप्शन है बाय योर ओन व्हीकल ट्रेन के लिए आपको 10 से 20 रुपए पे करना होता है जो कि पैसेंजर ट्रेन होती है ऋषिकेश में अभी ज़्यादा ट्रेन्स नहीं चलती हैं तो आप हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर ऋषिकेश पहुँच सकते हैं वहीं बस या शेयर टेम्पो के लिए 40 से 50 रुपए और अगर आप कोई प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं तो आपको 1400 रुपए तक पे करना पड़ सकता है सो आई सजेस्ट आप बजट में ट्रेवल करें और बस टेम्पो या ट्रेन में से कुछ चूज़ करें और अगर ऑन व्हीकल जाते हैं तो हरिद्वार से ऋषिकेश का डिस्टेंस 30 किलोमीटर का है आप अपने व्हीकल से भी ऋषिकेश पहुँच सकते हैं ऋषिकेश जो कि योगा ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है सिर्फ भारत में ही नहीं यह अन्य कई देशों में चर्चित है साठ के दशक में जब फेमस बैंड बीटल्स ऋषिकेश की यात्रा पर आए तभी से यह जगह विदेश में भी प्रसिद्ध हो गई ऋषिकेश को चार धाम का मुख्य द्वार भी कहा जाता है दोस्तों ऋषिकेश जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जुलाई के बीच माना जाता है जिसके दौरान आपको मानसून से होने वाली परेशानी देखने को नहीं मिलती है आप ईजिली राफ्टिंग और गंगा जी में स्नान कर सकते हैं अब हम बात करेंगे आप ऋषिकेश में कौन से प्लेसिस को विजिट कर सकते हैं सबसे पहले आप त्रिवेणी घाट पहुँचें त्रिवेणी घाट जो कि ऋषिकेश से तीन किलोमीटर की दूरी पर है आप वहाँ बाइबोक और शेयरिंग टेम्पो के जरिए भी पहुँच सकते हैं टेम्पो वाला आपसे बीस रुपये चार्ज करता है त्रिवेणी घाट पर जाकर आप गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं वैसे तो गंगा आरती आपको ऋषिकेश में और भी जगह देखने को मिल जाती है परंतु आप शुरुआत यहीं से करें और गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने सारे पापों को नष्ट करें त्रिवेणी घाट पर तीन नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है इसलिए इसे त्रिवेणी घाट का नाम दिया गया त्रिवेणी घाट के बाद आप लक्ष्मण झूला जा सकते हैं लक्ष्मण झूला जो कि एक सक्सपेंशन हैंगिंग ब्रिज है लक्ष्मण जी ने गंगा जी को पार करने के लिए यहीं पर ब्रिज बनाया था परंतु 1924 में यह फ्लूड के कारण नष्ट हो गया तभी यहां हैंगिंग ब्रिज बनाया गया जिसकी ऊंचाई 400 फीट और लंबाई 70 फीट है यहां से आप गंगा जी का एक बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं लक्ष्मण झूला के पास ही आपको मार्केट देखने को मिल जाती है जहाँ से आप ढेरों शॉपिंग भी कर सकते हैं वहीं लक्ष्मण झूला से आप टैक्सी लेकर नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं जो कि भगवान शिव को समर्पित है यहाँ टैक्सी के लिए आपको 100 रुपीस पे करना होता है यह ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है आप चाहें तो यहाँ 7 किलोमीटर का ट्रैक करके जंगलों के रस्ते भी यहाँ पहुँच सकते हैं नीलकंठ महादेव के बाद आप बिटल आश्रम भी जा सकते हैं अगर आप बिटल आश्रम नहीं जाते हैं तो आपका ऋषिकेश का सफ़र अधूरा रह जाता है बीटल आश्रम जो कि पहले महारिषि महेश योगी जी को समर्पित था लेकिन जब 1968 में प्रसिद्ध बैंड बीटल्स यहाँ मेडिटेशन सीखने के लिए आए तो उन्होंने यहाँ का कल्चर बहुत पसंद किया और तभी से यह प्लेस उनके नाम पर प्रसिद्ध हो गया बीटल आश्रम के बाद आप ऋषिकेश में लोकेटेड राम झूला के पास तेरा मंजिला मंदिर देख सकते हैं जो कि बहुत सुंदर है वैसे तो ऋषिकेश में बहुत से प्लेसेज हैं बट देर आर सम प्लेसिस लक्ष्मण झूला बीचज़ जहाँ बैठकर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं और सामने बहती गंगा का आनंद ले सकते हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे आप ऋषिकेश में वाटरफॉल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं दोस्तों ऋषिकेश में आपको बहुत से वाटरफॉल भी देखने को मिल जाते हैं जैसे नीरगढ़ वाटरफॉल गरूड़चट्टी वाटरफॉल पटनी टॉप फूल चट्टी और हिमशैल जिसमें से सिर्फ नीरगढ़ वाटरफॉल के लिए आपको थर्टी पे करना होता है ये सभी वाटरफॉल लक्ष्मण झूला से सात से आठ किलोमीटर की दूरी पर हैं अलग अलग रोड पर पड़ जाते हैं दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ कोई स्कूटी रेंट पर लेकर भी पहुंच सकते हैं जिसके लिए आपको 400 से 500 रुपए देने होते हैं जो आपको कैलाश गेट के पास किसी भी शॉप से अवेलेबल हो जाएगी इसके लिए आपको वैलिड आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है जैसे आधार कार्ड वोटर आई कार्ड या फिर पासपोर्ट में से कोई एक चीज़ ड्राइविंग लाइसेंस होना आपके पास में मैंडेटरी है और आपकी एज अट्ठारह साल होनी चाहिए स्कूटी पर सिर्फ दो पर्सन अलाउड होते हैं जिसमें आपको एक हेलमेट प्रोवाइड होता है एक्स्ट्रा हेलमेट के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है वहीं लेट रिटर्न के लिए हंड्रेड रुपीज़ पर आर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ता है दोस्तों अब हम बात करेंगे आप ऋषिकेश में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अगर आप एडवेंचर करना पसंद करते हैं तो ऋषिकेश से बेस्ट प्लेस आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता है यहाँ आकर आप बहुत सी थ्रिल एक्टिविटी एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं जैसे कैंपिंग रिवर राफ्टिंग फायर, क्लिफ जंपिंग, बंजी जंपिंग एंड मैनी मोर। अगर आप कोई पैकेज लेते हैं तो इसके लिए आपको 1200 से 1500 रुपए पे करना होता है इसमें आपका इंक्लूड होता है कैंपिंग बोनफायर एंड ऑलसो राफ्टिंग बंजी जम्पिंग के लिए आपको पच्चीस से तीन हज़ार तक पे करना होगा तो वहीं अगर आप कैंपिंग ना करके ओनली राफ्टिंग करते हैं तो उसके लिए आपको 500 से 700 रुपए पे करने होते हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे आप ऋषिकेश में क्या खा सकते हैं दोस्तों वैसे तो ऋषिकेश में आपको बहुत से फेमस रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं जैसे चोटी वाला और अन्य बड़े रेस्टोरेंट बट अगर आप भी बजट फ्रेंडली हैं तो आप मात्र सत्तर रुपये में परमार्थ निकेतन के कैंटीन में जाकर बहुत टेस्टी एंड अच्छा फूड खा सकते हैं या फिर आप लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों परमार्थ निकेतन जो कि आश्रम भी है यहाँ आप योग और गंगा आरती भी देख सकते हैं अब हम बात करेंगे आप ऋषिकेश में कहाँ रुक सकते हैं ऋषिकेश में बहुत सी धर्मशाला और होटल्स हैं तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग रुक सकते हैं गंगा के किनारे आपको अनेकों धर्मशाला और होटल्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें धर्मशाला के लिए तीन से चार सौ एंड प्राइवेट होटल के लिए 600 से 800 रुपए पे करना होता है ऋषि केश में आपको हॉस्टल भी देखने को मिल जाते हैं अगर आप भी पसंद करते हैं नए लोगों से इंटरेक्ट करना दोस्ती करना तो आप हॉस्टल में रुक सकते हैं जिसके लिए आपको 500 से 700 रुपए में एक अच्छा हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है आप जोस्टल या हॉस्टल बुकिंग जैसी वेबसाइट के ज़रिए अपने नियर बाई होस्टल सर्च कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं दोस्तों ये थी फुल इंफॉर्मेशन ऋषि के बारे में